हेलो दोस्तों नमस्कार नमस्ते अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक यू सास मां आज मैं क्या बनाऊं खाना मैं आप बताइए मुझे तुम्हारा मर्जी बनाओ तुम्हें जो मजा लगता है जब भी आप यही कहती तो हूं सर पता हो अच्छा नहीं है आखिर मैं बनाऊं तो बनाऊं क्या बनाऊं इसको ये तो बुड्ढी का जो भी बनावा अच्छा नहीं लगते हैं मेरा तो जीना हराम करके रखा है इसका बेटे ने भी कुछ नहीं दिया मेरे को अभी तक मैं मैं कुछ करने के लिए कहता तो तो तो मेरे ऊपर आके है। है। मेरी, मेरी तो किस्मती खरण, मेरी तो खराब, फटा हुआ जो भी हूँ यही डाल देता हूँ खाए ना खाए ना क्या हो गया खाना शुरू तो कर लीजिए तू तो चुप ही तेरा तो बंद करके रखो ठीक है ज्यादा बोलना मत झकल तो को दूंगा अब इसमें इतना बॉडी भी क्या बात है लड़ाई झगड़ा का अब आ ही गए तो खाना खाही ले सही कहा है भैया तुमने खाना तो खाना ही तो है अभी अच्छा है, है खाना नहीं नहीं मम्मी जी मुझे घर ऐसी निकाली है मैंने कुछ भी नहीं किया है, जी। जैसी बहू है जो तो मेरे आए आए हुए हुए घर में हुए लोगों को तूने आज खुश करा दिया। सुन तू मेरे नई बहू हो खाना अच्छा से बना